हेलो एवरी वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल रियली वेल एज इन पार्ट वन वी हैव डिसकस्ड अबाउट जी पी ओ लेस ऑन थ्री इंचज वेयर एज इन टू डेजियो वी वी डिस्कस इन जी पी ओ लेस हाफ इंची वन इंची डेढ़ इंची एन टू इंचज सो दिस वॉज द रिकेप ऑफ फर्स्ट पार्ट वन वेर बी डिस अबाउट दोस्स दिस वॉज वन एंड अदर डिजाइन ये थी जैसे कि आप सभी जानते हैं पार्ट वन के अंदर जो है हमने थ्री इंची जी पी ओ लेस की डिज़ाइन देखी थी वेयर एज आज के वीडियो के अंदर जो है हम हाफ इंची वन इंची डेढ़ इंची और दो इंची वाली जी पीलेस की डिज़ाइन देखेंगे तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी डिज़ाइन मिसअ ना कर सकें तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो ये मेरा डिस्प्ले यूनिट है जहाँ पे मतलब uh, अलग अलग साइज के हिसाब से जीपी लेसर्स की डिज़ाइन लगी हुई है तो वीडियो के अंदर आप देख सकते हो हर एक साइज लगी हुई है जैसे वन इंची हो गई डेढ़ uh, इंची हो गई और दो इंची वे राइस डेढ़ इंची के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि तीन डिज़ाइन अवेलेबल है वे राइस हाफ इंची के अंदर जो है एक ही डिज़ाइन है एंड जो है दो इंची के अंदर दो डिजाइन है जहाँ पे उसमें मतलब ब्लैक एंड वाइट है और हाफ इंची और एक इंची की इसमें एक ही डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि जो है एक ही डिज़ाइन जो है मतलब सदा बार चलती रहती है जैसे कि एक ये डिज़ाइन है हाफ इंची लेस के अंदर जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँ तो एक ही डिज़ाइन है जो मतलब ऑल टाइम इन फैशन रहती है तो इसके अंदर लाइक आपको लगभग सारे कलर्स मिल जाएंगे जैसे कि इसके कलर रेंज है इसके अंदर लगभग आपको मेरे हिसाब से 12 से 13 कलर रेंज अवेलेबल है कोई भी डिजाइन की प्राइसिंग के लिए आप मुझे सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर है डबल नाइन एट नाइन वन डबल एट इंची टू इंची के अंदर मेरे पास दो डिज़ाइन है एक डिज़ाइन के अंदर आपको ब्लैक मिलेगा दूसरी डिजाइन के अंदर जो है वाइट मिलेगा जैसे कि यह डिजाइन है फ्लावर वाली डिजाइन है जैसे कि आप सब देख सकते हो ठीक हैवी पिक वाला माल आएगा और इसके अंदर जो आपको सारे कलर्स अवेलेबल नहीं है ओली सिर्फ जो है और माफ़ कीजिए उन्हें वाइट मिलेगा नटर डिज़ाइन जो है आपको ब्लैक मिल जाएगी ये भी टू इंची है वेरासा अब डेढ़ इंची के अंदर डिज़ाइन दिखा दूँ तो एक बड़ी प्यारी डिज़ाइन है जैसे फ्लावरलेस इसम के जैसे अगर मैं उस सामने से थोड़ा आपको निकाल के दिखाऊं तो इसके कलर रेंज है कलर रेंज भी बड़े प्यार है जैसे अपना मैरून हो गया गाजी हो गया ब्लू हो गया नैी ब्लू हो गया पैराडीन हो गया रामा फिरोजी ऑरेंज कॉफी ब्लैक बेबी पिंक एशियन येल्लो तो इस इसके कलर रेंज रहेंगे एंड कोई भी प्राइसिंग के लिए जो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ट्वेंटी मीटर्स ऑफ इसकी साइज रहेगी जी हाँ और मेरे पास जो भी डिज़ाइन आपको मिलेंगे एक्जैक्टली exactly 20 मीटर ऑफ लेथ मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने 20 मीटर बताया तो माल अठारह मीटर का निकलेगा जी बिल्कुल नहीं 20 मीटर एक्जैक्टली माल निकलेगा तो एक ही डिज़ाइन थी डेढ़ इंच के अंदर और एक जो डिज़ाइन है डेढ़ डेढ़ इंच के अंदर जो है ये वाली है सनफ्लावर डिज़ाइन जो सदा डिज़ाइन चलती रहती है एंड इसके अंदर कलर्स है इसके अंदर भी आपको कलर रेंज मिल जाएंगी और एक जो कॉमन मतलब लेटेस्ट जो डिज़ाइन आ रही है ये वाली डिज़ाइन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चल रही है मेरे स्टोर के अंदर अभी तो एक ही है मटका जैसे हम डीप फ्लावर जैसा कहते हैं तो इसके अंदर भी आपको तो कलरें मिल जाएंगे जैसे रेड हो गया माफ कीजिए मेरून ब्लू वाइन नेवी ब्लू फिरोजी येलो ऑरेंज पिस्ता मस्टर्ड कॉफ़ी ग्रे एंड एच कलर तो इस टाइप के इसके कलर रेंज रहेंगे और जो भी डिज़ाइन रहेंगी 20 मीटर और लेंथ रहेगी एंड कोई भी डिज़ाइन का अगर आपको ऑर्डर करना तो सेट वाइज के अंदर ही आएगा जैसे इसके डिजाइन के अंदर तेरह कलर तो पूरे तेरह के तेरह कलर ही लेने पड़ेंगे और uh, जैसे अगर किसी को क्वान्टी के अंदर चाहिए जैसे एक कलर के पाँच पाँच पीस दस दस पीस तो वैसे भी मिल जाएगा सपरेट ऑर्डर इस अवेलेबल है एंड मिनिमम पर्चेस अमाउंट जो रहेगा फाइव का ही रहेगा एंड कोई भी क्वारी के लिए आप हमें सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो हमारा व्हाट्सअप नंबर है डबल तो ये थी आज के वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन के अंदर जो है हम थ्री इंचस लेसेस वाली डिज़ाइन दिखाएंगे एंड पार्ट टू के अंदर जो है मैं आपको हाफ uh, इंची डेढ़ इंची एंड टू इंचज वाली लेसेस दिखाऊंगा तो आज के वीडियो के अंदर जो है मैंने मतलब जो भी डिजाइन है उसके अंदर क्या कलर रेंज देंगे और कैसे रहेगी डिज़ाइन वो सब डिस्कस कर दिया है और ये सब डिज़ाइन मतलब होल ट्रेडिंग वाला बिजनेस है हमारा इन जी पी का तो एकदम बेस्ट टू बेस्ट रेट है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने होल कस्टमर के लिए वो रेट्स प्रोवाइड कर देंगे आप सभी एक दंग एक दंग कौलिटी कौलिटी के लिए और एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली क्वालिटी आएगी लेस की ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्रोडक्ट अगर हम रेट कम देंगे तो आपको मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हल्की हो जाएगी बिल्कुल नहीं एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली क्वालिटी आएगी क्योंकि जो हमारा बिज़नेस है एकदम एक्सपोर्ट में जाता है तो हर एक प्रोडक्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके हिसाब से एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली ही मेंटेन करते हैं भले मार्केट से एक दो रुपए आपको महंगा मिलेगा बट क्वालिटी एकदम बेस्ट टू बेस्ट रहेगी और वेर इन कम्पेयर टू रेट रेट भी हम कोशिश करेंगे जितना कम से, कम से कम हो सके उतनी कम रेट्स लगाएंगे आपको तो आई होप आज का जो वीडियो था पार्ट टू वाला जी पी पे तो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना थम्सअप जरूर दे देना जैसे कि मैं दे रहा हूँ फिलहाल एंड कमेंट करके बताना कि डिज़ाइनस कैसे लगी है आपको रिएक्शन ज़रूर देना वीडियो पे क्योंकि जब भी आप रिएक्शन दोगे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मतलब आपको आ, कैसे लग रहे मेरे वीडियोस क्योंकि मेरा मोटिव तो यही है कि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपना स्टोर का कलेक्शन है आप सभी के साथ शोकेस कर सकूँ अपने व्यवर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ तो उससे मतलब मेरे व्यवर्स और सब्सक्राइबर को भी आइडिया लगेगा कि मतलब क्या कलेक्शन हमारे स्टोर पर क्या अपडेशन आती है क्या ट्रेंड्स के अंदर चल रहा है क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि हम रोज़ मार्केट में निकले और डिज़ाइन देख सकें क्योंकि आजकल हर एक डिजिटल दुनिया हो गई है तो हर किसी को मतलब बैठे बैठे हर एक चीज़ मतलब मिल जाती है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ आ, कि उन्हें भी बैठे बैठे मार्केट का क्या हालचाल है मार्केट में क्या डिज़ाइन चल रही है वो सारी डिज़ाइन दिखाएँ तो उन्हें भी एक नॉलेज आए कि मतलब वो अपने कस्टमर्स को आगे से कैसे माइंड सेट कि भाई आगे इस टाइप का टेस्ट चलने वाला है एंड सो आई होप वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस टाइप के जो भी न्यू कलेक्शन है लेटेस्ट अपडेट्स है तो आप सभी देख सको तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए कलेक्शन के साथ तेल लैंड बाय बाय शब्बा के